तो हेलो एवरीबॉडी कैसे हैं आप सब भाइयों भाई होंगे मैं केपी संत आप सभी का न्यू ब्लॉग में स्वागत करता हूं दोस्तों तो आज मैं आप सभी को दिखाने वाला हूं गुलधर आरआरटीएस का स्टेशन कि उस पर कितना कुछ वर्क कंप्लीट हो चुका है कितना बाकी बचा है क्या क्या अभी वर्क चल रहा है कंस्ट्रक्शन वर्क वो सब कुछ आप सभी को दिखाने की और बताने की कोशिश करूँगा तो बने रहिए के संत के साथ एंड तक दोस्तों तो इस्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और आपको बता दूं दोस्तों कि काफ़ी टाइम के बाद में मैं आप सभी के बीच ये एनसीआरटीसी की आरआरटीएस जो चलाई जा रही है दहली मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर टी किलोमीटर का रूट है इसका दोस्तों और ये वन किलोमीटर की रफ्तार से चलाई जानी है दोस्तों और आपको बता दूं इसका जो एंट्री एग्जिट पॉइंट था राइट हैंड वाला जो चमकरा वो पहले ही बनकर कंप्लीट हो चुका है अब लेफ्ट लेफ्ट हैंड वाला बचा हुआ है वो भी आप लोगों को दिखाते हैं तो देख सकते हैं इसका जो बॉक है वो जोड़ा जा रहा है लेफ्ट हैंड वाला ये देख सकते हो कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है और आपको बता दूँ कि नीचे का इसमें पेंट का काम चल रहा है दोस्तों इसमें पेंट किया जा रहा है इस गुलडर आरआरटीएस के दोस्तों ये है गुलडर का आरआरटीएस का स्टेशन देख सकते हो तो अभी एंट्री एग्जिट पॉइंट एक तो बन के कम्प्लीट हो चुका है उधर वाला इधर वाला बनाया जा रहा है तो देख सकते हो ये बॉक का जोड़ दिया इन्होंने अभी इस पर पे पेंट किया जा रहा है गुलडर के स्टेशन पर और इधर ये अभी बनाया जा रहा है दोस्तों ये देख सकते हो तस्वीरें तो अभी इसमें कभी अभी काफ़ी टाइम लग जाएगा तो इस तरीके से इसमें काम चल रहा है देखो उधर भी अभी बनाया जाएगा और इधर ये काम चल रहा है और इसके बाद मैं आप सभी को लेकर चलूँगा मैं दुहाई का आरआरटीएस का स्टेशन भी दिखाएंगे चल के तो अभी यही वर्क चल रहा है इस पर आरआरटीएस के स्टेशन गुल देखो अभी ये गाड़ियाँ लगी हुई हैं तो दिखाते हैं आपको उधर से दिखाते हैं चल के कि कैसा इसमें देखने में लगता है दोस्तों तो ये बनाया जा रहा है बाकी आपको देखो ये पिलर तो इन्होंने खड़े कर दिया है बना के अब इस पर फ्लोरिंग का काम किया जाना है तो यही वर्क चल रहा है और बाकी स्टेशन देख सकते हैं इसका डिजाइन यहाँ का कुछ ऐसा है ये देखो ये स्टेशन बनाया जा रहा है तो अभी काफ़ी टाइम लग जाएगा देखो ट्रेन मशीन भी खड़ी हुई है तो इस तरीके से ये जोड़ रहे हैं अभी यहाँ तक भी जोड़ा जाएगा उन्होंने फैटरिंग लगा दी तो देखो अभी ये बनाने का काम किया जा रहा है दोस्तों अब चलते हैं आगे और आपको दिखाते हैं चल के दो टी एथ के स्टेशन के वहाँ पर कितना कुछ काम हो चुका है इस टाइम पर तो चलते हैं चलो बाह के आर के इस्टेसन पर देख सकते हो है। देखते हैं एंट्री एग्जिट पॉइंट इधर है इस साइड में और दूसरा ये देख सकते हो बॉक्स में इन्होंने दोनों को कनेक्ट कर दिया है इस पर काम किया जा रहा है देखो यहाँ से स्टेशन के अंदर चला जाता है और दूसरा देखो एंट्री एग्ज़िट पॉइंट ये है जिस पर काम अभी चल रहा है तेजी के साथ में जो कि अभी नहीं हुआ है बन के complete. तो इसकी सीढ़ियाँ पीढ़ियाँ तो बन गई हैं और एक्सीटर ये रखे हुए हैं इसके जो एक्सीटर लगाया जाएगा वो दोस्तों यहाँ पर लगाया जाएगा इस जगह जहाँ पर यह सेटिंग लगी हुई है तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर यह वर्क चल रहा है दोस्तों दो आरआरटीएफ के स्टेशन इस पर इसका आपको बता दूँ फ्लोरिक का और सैड का काम इन्होंने कर दिया है दोस्तों देखो मैं इधर से आपको दिखा दूँ देखो इस इधर से इन्होंने देखो ये ऊपर का सेट बन चुका है दोनों साइडों का जो कि अभी इस पर वर्क चल रहा है तेज़ी के साथ में अभी वहाँ पर भी बॉल बनाएंगे और देखो अभी इन पर भी ऊपर का सेट बनाया जाएगा तो अभी तो कम्प्लीट ही नहीं हुआ है बनके देखो ये मार्बल ये रखा हुआ एस्केलेटर भी रखे हुए हैं ये देख सकते हो कुछ ये नज़ारे हैं यहाँ के दो हई आर स्टेशन के दोस्तों तो अभी इस पर वर्क चल ही रहा है अभी काफ़ी टाइम लगेगा इसे बनने में और अगले महीने से आर आर पर इस्टार्ट भी की जाएगी दोस्तों तो आपको बता दें स्टेशन के आर आर के स्टेशन के नीचे अभी पेंट करने का काम चल रहा है इधर ये देख सकते हैं ये फैटरिंग लगी हुई है इस पर अभी कंक्रीट का मसाला भरा जाएगा और वो सैड के लिए वो खंबे भी लगाए जा रहे हैं तो अभी काम इस पर है अब चलो आगे का दिखाते हैं चल के उस साइड का कि उस पर क्या क्या काम चल रहा है अभी इस टाइम पर तो इन पर बस यही वर्क चल रहा है दोस्तों देख सकते हो तस्वीरें देखो ये अब सारी साफ सफाई होगी फिर ये काम चलेगा ये देख सकते हो देखो दोस्तों एक ये बनाया जा रहा है एंट्री एग्जिट पॉइंट जो कि पिछली बार जब मैं आप लोगों को दो महीना पहले दिखाया था तब इस पर काम चल रहा था अब देखो ये सीढ़ियाँ बना दी जा चुकी हैं जिस पर सेटरिंग लगी हुई है सीढ़ियाँ बनाने का काम चल रहा है और इसमें जो वे है वो भी कनेक्ट किया जाएगा यहाँ से ये देख सकते हो दूसरी साइड का तो उधर पहले ही बन के कम्प्लीट हो गया था वो पहले ही इनका पहले ही बन के कम्प्लीट हो चुका था जो मैंने आप सबको दिखाया था तो वो तो बन के कम्प्लीट ही कम्प्लीट ही हो गया और अंदर अभी इसमें आपको बता दूँ कि पेंटिंग का काम चल रहा है पेंट किया जा रहा है तो देखो कुछ इस तरीके से बनाया जा रहा है यहाँ पे, जो बर्क है वो चल रहा है तेज़ी के साथ में अभी ये सारा पत्थर देखो ये पत्थर है जो वो यहाँ लगाया जाएगा और अंदर तो पत्थर लगने का जो काम था वो तो हो चुका है देखो लिफ्टे उपट सब लग चुकी हैं यहाँ पर तो यही बर्क है तस्वीरें देख सकते हो क्योंकि काफ़ी टाइम पहले मैंने आपको अपडेट दी थी तो मैं किसी कारणवश मैं आप लोगों के बीच में नहीं आ पा रहा था जो कि फैक्ट्रिंग लग गया और अब ये काम किया जा रहा है और इसको बॉक को यहाँ पर यह कनेक्ट किया जाएगा जो कि ये दोनों पिलर बन के कम्प्लीट हो गए हैं उधर का देखो वो फैक्ट्रिंग लगी हुई है कंक्रीट का मसाला भर दिया है और इधर सीढ़ियों पर भी भर दिया जाएगा फिर उसके बाद में एक्सीटर लगाए जाएंगे दोस्तों तो यही वर्क चल रहा है दोहाई के आर के स्टेशन पर जो भी वर्क है तो चलते हैं आगे तो आप लोग बताओ कि आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए के संत के चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना नीचे है रेड कलर का बटन वर्तन सब्स कर देना तुरंत बेलाइकन भा देना चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और ऐसे ही वीडियोज़ देखते रहो के पी के चैनल पर दोस्तों के पी लाता रहता है और आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता रहता है मेरे प्यारे दोस्तों तो मैं देखो आप लोगों को इधर से दिखा देता हूँ कि अंदर से जो इसका डिजाइन बनाने का काम है वो किस तरीके से किया गया है दोस्तों देखो कुछ ऐसा डिजाइन बनाया है इन्होंने अब दिखाई दे रहा आप सभी को काफ़ी ऊँचा ये स्टेशन है और जल्दी ही यह बन के हो जाएगा दोस्तों जिस पर रैपिड रेल दौड़नी स्टार्ट हो जाएगी दोस्तों तो अभी ये एंट्री एग्जिट पॉइंट बनाने का ही वर्क चल रहा है देख सकते हो आप लोग अपनी आँखों से क्योंकि मैं ऐसे ही अपडेट आप सभी लोगों के बीच में लाता रहता हूं और आप लोग बताओ कि आप सभी को ये वीडियो कैसे लग रहे हैं के के चैनल पर दोस्तों चलते हैं आगे दिखाते चल के आप सभी को